2000 थाउजेंड लेटर। तो है ये लाइव में आपको बताते जहाँ से मैं गया नहीं था कृष्ण भगवान जी साक्षात इसी जय श्री कृष्णा जम्मू से बात देख रहे हैं और मैं हूं अश्वनी भारद्वाज इस वक्त मैं अखनूर के पारदा गांव में हूं और जिस तरह से अखनूर के जम्मू कश्मीर में बच्चे बच्चे को पता है कि अखनूर पारदा गांव में श्री कृष्ण भगवान स्वयं इस कलयुग में चमत्कार के रूप में प्रकट हुए हैं हमारे साथ घर के सदस्य हैं उन्हीं से बात करते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं जय श्री राधे जय श्री राधे क्या नाम है आपका राजकुमार शास्त्री शास्त्री जी पूरा विस्तार से बताएं कि किस तरह से लड्डू गोपाल के दर्शन जो आपको हुए थे ओम आकाशास्पति तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति गति बोलो कृष्ण भगवान के तो हम उनकी लीला ऐसे जान नहीं सकते जैसे मैंने एक श्लोक बोला है जी आकाशाश पतितम तोयम जथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छती कि आकाश से गिरा हुआ पानी जिस तरह से नदियां नाले और द्रिया में आकर गिरता है और फिर द्वारा बाषभ के रूप में आकाश में चला जाता है उसी तरह से भगवान विष्णु की ऐसी महिमा है कि हम धार्मिक लोग सनातनी लोग पूजा किसी की भी करें और अंत में भगवान विष्णु को भगवान हरि को ही प्राप्त होती है इसलिए इनकी लीला ना तो ब्रह्मा और ना ही शिव आदि शक्ति आदि जो रूप है वो भी करने में असमर्थ है हम ऐसे कलयुग के प्राणी हैं हम इसके इसके बारे में मिलेगी ना तो इतने तपस्वी हैं Uh, किस तरह से पता चला है कि भगवान कृष्ण के जो अवतार हैं अब जिस तरह से हम वीडियो में देख रहे हैं कृष्ण भगवान कभी उस कमरे में कभी उस कमरे में थोड़ा विस्तार से बेटी को पता होता या आपको पूरा जी सर अच्छा बात ऐसे पिछले संडे की बात है जैसे हम जब भी कभी मतलब कुछ बनाते हैं घर में सुबह पहले इनको भोग लगाते हो हर चीज़ का कहीं जल देना या कहीं जूस देना कुछ भी देना हर चीज़ जो भी कुछ खाते हम इनको मतलब पहले चढ़ाते हैं अच्छा संडे को जैसे पानी दिया था सर सुबह खान के पास तो जब वापस इसने गलास लेकर आई तब देखा ढक्कन खोल के भी पानी थोड़ा सा कम हुआ फिर मैंने बोला ऐसे ही कहीं हो गया होगा फिर दूसरी बार दोबारा रखा इन्होंने पानी दोपहर को भी जब दोपहर को देखा फिर देखा पापा जी अभी फिर पानी कम में लड़की ये देख रहे बोले अच्छा। तो पापा जी पानी फिर कम हो गया मैं ठीक है कोई बात नहीं फिर सर मंडे को सुबह जैसे हमने वो किया मैडम ने बनाई रोटी वगैरह जो भी बनाते हैं तो उनको भोग लगाने आए भोग लगाए और मैंगो शेक भी बनाया उसके बाद और ये मैंगो शेक लगाया गिलास में रख के मैंगो शेक जब लगाया फिर हम खाना अपने ब्रेकफास्ट करने लगे ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत ही मैंने बोला ए, फैमिली बोलती जब जा, जाओ वो ले गिलास उठा के फिर थोड़ा थोड़ा जैसे चलामत की के तौर के ऊपर उसको पी लेते, पी लेते जैसे बेटी गई अंदर इसने देखा कि पहले फैमिली में लगाया था उनको जूस जो चमच के साथ उनको लगाया था बोझ जूस का, का मैंगो शेक का मैंगो शेक का जैसे लगाया फिर उसने कटोरी ली और कटोरी के साथ को डक दिया गिलास कुछ डक दिया कि थोड़ी देर के बाद जाने के बाद से गई बोला बैक्टीरिया में लिया इसको जूस और कर लेते हैं थोड़ा मतलब चलाम तले तो जैसे चलाम तलेकन खोला कटोरी जो दी थी उसके ऊपर देखा उसके बीच में जो काना जी के कंगन में छोटा सा चूड़ी थी वो बीच में पड़ी थी सभी इसने बताया मम्मा देखो इसके बीच में मतलब काना जी का कंगन बढ़ा हुआ ये मम्मा इसकी बोल लगी हमने तो उसको ढके रखा था कैसे बढ़ गया फिर भी हमने सोचा चल कोई बात नहीं ऐसे क्या पता हाँ कोई बात नहीं हमने ऐसे दिलचस्पी छोड़ दी फिर पता नहीं ऐसे हो गया कोई आ, बात नहीं फिर जब दोपहर को आया सर मैं दुकान करता हूँ दोपहर को आया मैं खाना खाने के लिए खाना खाने तरबूज खाना खाने के बाद हमने काटा तरबूज तबूज तो खाया सभी ने और मेरी भतीजी भी आई थी ये भी और भी एक हमारे मतलब भाई की जो साली है उसकी बेटी भी आई थी वो भी इधर ही बैठी थी उन्होंने भी खाया अरू तो पहले प्लेट में डाल के कान्ना जी को मैं बोला जान को भी खिला के गया बोला जैसे उनको लगाया सर खिलाया उनको इसने छोटे छोटे पीस करके उन कान्ना जी को खिलाए और तो थोड़ी देर के बाद गई बेटी और देखा कान्ना जी ने थोड़ा सा जिसने इसने खिलाया था पीस उससे बड़ा पीस कान्ना जी ने हाथ में पकड़ा हुआ ने, देखा फिर, हाँ पे जा रहे थे बर्फी रखी लड्डू लड्डू रखा और बोले का लड्डू खा रहे हैं हाथ में पकड़ लिए बोले फिर सर मैं चला गया फिर शाम को मैं जब मैं दुकान से आ रहा था लौट के तब तो मेरे बच्चे फोन करने लगे पापा फैमिली ने किया घर में आना थोड़ा जल्दी ऐसे-ऐसे बात हो गई अच्छा, तो है, अच्छा, अच्छा। पहले मंदिर है ना इसके बीच में था झूला इधर से निकल के जो इधर आगे जहां जोत जली हुई है इधर आ गए फिर थोड़ी देर के बाद जोत के साथ उस चले गए फिर इन्होंने भगवती गीता के ऊपर सर जो कृष्ण भगवान है कहीं उधर उस स्थान में जी पूजा करते थोड़ी देर के बाद जैसे देखा थोड़ी देर बच्चों ने देखा देखते नजर नाज कर रहे थे फॉलो नहीं कर रहे थे थोड़ी देर के बाद देखा तो काना जी इधर पहुंच गए इधर पहुंच गए थोड़ी देर फिर खुशी हो। और और होती पहले, पहले तो हो गया कान्ना जी कैसे मतलब आ गए घर वालों को बताया मम्मा को बड़े पापा जी को, जी को, माता जी को बताया फिर बोला बच्चे पता नहीं सरानी कर रहे छोटी बेटी है और इन बेटा बच्चों ने किया होगा इसके साथ ऐसे मतलब जैसे उन्होंने तो जा। तो चलने लगी उनकी लीला रात को ढाई बजे तक उनका मैं चलता है कहीं बेड के ऊपर कहीं बेड के ऊपर कहीं मतलब अपने ये भगवान के चमत्कार कलयुग में भी होते हैं हमार साथ बेटी है है है बेटा क्या तो बेटा क्या नाम नाम आपका मेरा शर्मा आपको पता चला था जब मैं ये मुझे जब वो मुझे मतलब तब ट्रस्ट हुआ था जब उन्होंने मतलब उनकी चूड़ी शेख में पड़ी हुई थी अच्छा तो मतलब आप कृष्ण भगवान के आप भी पूजा करते थे मतलब नहीं मतलब सब करते थे सब घर वाले करते हैं पूजा मतलब जब हमारे यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है हमारे साथ काल होते थे तब हाँ। मैं करती थी अच्छा तो हाँ। मतलब आपको ही पता चला कि इस तरह से जो कृष्ण भगवान है अपने कभी उस रूप में कहीं उस स्थान में कभी उस स्थान में जा रहे हैं अब जब पूरे परिवार को पता चला अब भी लोग बड़े लोग यहाँ पे आते हैं तो किस तरह से लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है कृष्ण भगवान साक्षात आपके घर पे आए हैं बड़ी कर्मों वाले घर होते हैं है। कलयुग में इस तरह के चमत्कार भी होते है। हैं जी। तो देख सकते हैं हम बात करेंगे जो बाहर लोग हैं समय बड़ा कम है और भी लोगों ने दर्शन करने हैं इस वक्त मैं अखनूर के अपारदा गांव में हूँ और ये देख सकते हैं कृष्ण भगवान की लीला देख सकते हैं किस प्रकार से ये लोग हैं काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं और कृष्ण भगवान जी के जो दर्शन पाने के लिए लोग उत्सुक से हैं हमारे साथ और भी है स्थानीय उनसे बात करेंगे क्या नाम है और आ, किस तरह से लग रहा है क्या नाम तुम्हारा नीलम कुमारी नीलम जी आज कृष्ण भगवान बड़े दिने इतना आवा आज बड़े बड़ी, -बड़ी दूर जमू तो के भी आवा साम्बे आवा बलग अलग जगह कग्ण भगवान दर्शन देख सकते हैं अलग अलग जगह से लोग आये क्या भगवान दर्शन इस कलयुग बि लोग पाविन्नी हुए और भगवान साक्षात इस घर आये अभी बार आए दर्शन करने चलो भगवान की कृपा है सारे दर्शन अस भी दिखी दर्शन करे कर भगवान जी के अब बड़े दिन भी मीडिया अच्छी कृष्ण भगवान किस तरह क्या पता असा कि, कि तीन चार दिन पहले अच्छा, फिर भगवान कोशिश करेंगे जय श्री राधे जय श्रील भगवान करने करिए हमें। देख सकते हैं अलग अलग जगह से लोग हैं। ये अंकल जो है ये बीमार है फिर भी कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं नाम जीवन शर्मा। लोकल लोकल तो भगवान की लीला है बिलकुल बिलकुल बड़े अच्छे और लीला हो काफी मतलब पूरा प्रत्यक्ष दिखा है अपनी अखी देखिया हमने पूरी अखनूर जम्मू की बात कर अखनूर में इस तरह से चमत्कार हुआ है क्या कहोगे देखिये ये बड़े हम भाग्यशाली है खुशकिस्मती है कि हमारा खास हमारी मेरी पंचायत मैं यहाँ का सरपंच हूँ मेरा गांव है ये मेरे अपने लोग हैं यहाँ पर हमने जो चमत्कार देखा है तो हम अपने आपको और हमारी पूरी जो हमारी गांव जो है हमारी जो पंचायत है बाकी मतलब सारी ये भाग्यशाली समझ रहे हैं कि ऐसा चमत्कार यहाँ पर हुआ है तो हम चाहते हैं कि ये जगह जो है ये मतलब भगवान ने जो यहाँ पर प्रकट हुए हैं जिस तरह से ये दर्शन दे रहे हैं इसी तरह देते रहे हो और जो लोगों का जो मतलब लोगों अपना आशीर्वाद देते रहे हैं। आपका। मेरा नाम मनोहर है। मनोर जी भगवान कृष्ण के अवतार स्वरूप यहाँ पे प्रकट हुए हैं दो शब्द कहे देखिए भगवान जो है वो हमारी आस्था में होते हैं जैसे हम देखें वैसे अंतर जामीन निर्गुण सोगुण होते हैं और जहाँ पर चाहें ये वहीं पर प्रैक्ट हो जाते हैं और जितने भी लोग हैं ये आस्था के साथ ही बंधे हुए हैं धन्यवाद